कई पर्वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता लाखों मरे होंगे नोटों से लिपटकर, कर से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता तमाम देशवासियों को मेरे तरफ से गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और उन सभी सरहद पर रहने वाले भाइयों को भी हमारे तहे दिन से बहुत बहुत, बहुत नमन है कि आपकी वजह से हम इस प्रकार के पर्व को शांतिपूर्वक मना पाते हैं आप सबों को पता है कि हमारे देश में ना दो तरह के लोग रहते हैं एक जो देश में जीते हैं और एक जो देश के लिए जीते हैं। जो देश के लिए जीते हैं ना वो अपनी फर्ज बखूबी निभा रहे हैं अब बारी हम सब की है हमारी भी कुछ फर्ज होती हैं उनको हमें अब निभाना होगा खैर इस पर बात करेंगे लेकिन मैं उन लोगों को पहले जवाब देना चाहता हूं जो हिंदुस्तान के ऊपर सवाल उठाते हैं जो पूछते हैं कि हिंदुस्तान तुम कौन हो तुम्हारा अस्तित्व क्या है तो मैं बता दूं कि मैं विश्व गुरु हूं हमारा भविष्य साफ है अगर जानना हो हमारे बारे में नजदीकी से तो पूछ लो पाकिस्तानियों से कहेंगे हिंदुस्तान तो मेरा बाप है अरे हम वही हिंदुस्तानी हैं जो मारना भी जानते हैं और बचाना भी जानते हैं हमने दुश्मनों को मारने के लिए फाइटर जेट और संगीन बनाई और कोरोना काल में जब लोगों की सांस टूटने लगी ना तो हमने ही वैक्सीन बनाई हमसे क्या तुम लोग तुलना करोगे हम वही हिंदुस्तानी हैं जो सैकड़ों नागों के बीच रखा चंदन ले आते हैं हम वही हिंदुस्तानी हैं जो सरहद पार से विंग कमांडर अभिनंदन ले आते हैं मत उलझो मत पूछो मेरी औकात हमारे देशवासियों से एक अपील होगा मेरा कि हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं जैसे हमारे देश के सिपाही निभाते हैं हमारे देश में कुछ कुछ कमियां हैं जिन कमियों पर थोड़ी सी काम करनी होगी और यह तब पॉसिबल होगा तब संभव होगा जब हम सब एक होकर के काम करें हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी और है भी अगर हम सब चाहेंगे तो इसे बना के रख पाएंगे सोने की चिड़िया का मतलब यह नहीं होता कि जिस भारत में पहले बहुत सारी धन दौलत थी आज नहीं है जब धन दौलत थी तो भारत सोने की चिड़ियां थी आज नहीं है तो नहीं है ऐसा बात नहीं है हाथा भारत में बहुत सारा धन आए हजारों लुटेरों ने लूट के चला गया लेकिन अगर आज हमें भारत को सोने की चिड़ियां बनानी है तो हम सबको अपना योगदान देना होगा एक बीमार मां रात को तड़पती है और अगर बिना डर भय को अपनी बेटी को दवा खाने भेज देती है कि जाओ बेटी मेरे लिए दवा लेके आ और वो बेटी रात सुनसान सड़क में सीना तान के अगर चले बिना किसी भय का तो वो कहलाएगा हमारा सोने के चिड़िया वाला हिंदुस्तान अखबारों में हमारी भारत की बेटियां आंसू लेकर के आती हैं और आंसू के जगह जिस दिन मेडल लेकर के आने लगे तो वो कहेगा वो कहलाएगा हिंदुस्तान सोने की चिड़िया वाला भारत हम सबका योगदान चाहिए इसमें मगर इसका कसूरवार किसको ठहराए सबका तिल है भारत मां का किस किस को मैं नादान कहू अरे बेटियां मर जाए सड़कों पर तो कैसा हिंदुस्तान कहू यहां नंगे बदन किसान मरते हैं और कचड़ा खा के इंसान मरते हैं जब झुकने लगे हिमालय की चोटी और बेटियों की कीमत हो जाए दो रोटी नोच नोच के दामन भारत मां का खाया जाए अगर बोटी बोटी मात्र कलंक जहां छलकता हो तो कैसे उसको बरदान लिखूं? बेटियां मर जाए अगर सड़कों पर तो कैसा हिंदुस्तान लिखू तो मैं तमाम देशवासियों से अपील करना चाहता हूं कि जितनी गौरव से आज गणतंत्र दिवस के दिन या स्वतंत्र दिवस के दिन हम भारत मां का सम्मान करते हैं तिरंगे के सामने सीना तान के खड़े होते हैं उस सम्मान को बनाए रखने के लिए हमें अपना योगदान देना होगा आज जिस तंडे के नीचे हम लोग खड़े होकर झंडे फहराते हैं ना वो झंडा ही हमें नहीं मिल गया इस झंडे को पाने के लिए हमारे देश के कई सपूतों ने अपनी जान की कुर्बान दी है कई माताओं की गोद सुनी हो गई कई दी कई घर के दिए बुझ गए कई भाइयों कई बहनों का भाई चला गया और कई सुहागिन का सिंदूर चला गया उसके बाद ये तिरंगा मुझे प्राप्त हुआ है तो मैं कहना चाहूंगा कि ये वतन वालों ये वतन ना बेच देना ये धरती गगन ना बेच देना अरे इसी वतन के लिए तो हमारे देश के सिपाहियों ने जान दी है हमारे देश के सिपाहियों का कफन ना बेच देना चलिए बहुत बहुत धन्यवाद उम्मीद करता हूं कि आप सबको अपना अपना फर्ज बहुत अच्छे से आता होगा और आप इसे निभाएंगे भी थैंक यू